वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को एक न्यूज देने जा रहा हूं कि किन छात्रों के सीबीटी एग्जाम होने हैं और कब होने हैं इसकी जानकारी मैं यहां पर आज आपको देने जा रहा हूं आईटीआई बैक सीबीटी एग्जाम 2022 एग्जाम सी बी एग्जाम अप्रैल में होगी छूटे हुए और फेल सी एग्ज़ाम अप्रैल में होगी 2018 हज़ार अठारह बीस दो हज़ार अब मैं बताने जा रहा हूं कि किन छात्रों की सी परीक्षा होनी है और कब होनी है अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा 2018 हज़ार अठारह बीस दो हज़ार उन्नीस इक्कीस दो हज़ार 2021. इन सभी छात्रों की सी परीक्षा जो कि 31 मार्च से स्टार्ट होनी थी अब उसे कैंसिल कर दी गई है अब इन सभी छात्रों की सी परीक्षा अप्रैल के थर्ड वीक से प्रारंभ होगी ऐसा ऐसी जानकारी मिली हुई है डी की ओर से इसके बाद में जिन छात्रों को प्रमोट किया गया था फर्स्ट ईयर में उन छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है सेशन 2018 हज़ार अठारह बीस दो हजार के फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोशन कर दिया गया है और इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है अब काफ़ी लोगों की को कोहारिश थी कि सी परीक्षा कब से प्रारंभ होगी तो ये जानकारी क्लियर हो गई है आज मेरे डी सेल से बात हुई है उन्होंने बताया हुआ है कि जो इनकी सी परीक्षा प्रारंभ होनी है पहले 31 मार्च से स्टार्ट होनी थी लेकिन ये शेड्यूल डिले हो गया है अब इन लोगों की सी परीक्षा जो कि बैक पेपर्स के कैंडिडेट्स हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी परीक्षाएं छूट गई हैं इन सभी कैंडिडेट्स की परीक्षाएँ अप्रैल के थर्ड वीक से प्रारम्भ होगी जो कि की, की हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ प्रैक्टिकल की परीक्षा जो कि 22 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो